मोरेंगे जान मारी बन रें, मोरणी गिरी मारो दिल ये कल मोरेंगे जन मारी बन रे मोरनी उदगिरी छोरी तू मे मोटे बच्चों री मोरी मेरी हेतुन में याद करूरी दिल रोए किधर गई मोरनी मेरी हेतोन मैं याद करू दिल रो में कि माँ मोरनी मेरी वापस आ दिल में बस जा रोत मोरनी मेरी वापस आ आजारी दिल में बस जा मोरनी बना दुनिया फी की भी की बागे मारे मोरनी मुनिया दुनिया की नाग मारी मी मिला तो री ले गोदी में शुभ चु गी मेरी मेरे गोदी में चुगो चु तो ग e che sorare più più per te तू भाई पीहू पी उठ रि आई मौत नीमा